इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोग मुठ्ठर लोग देखने आते हैं वो सोचते हैं इस वीडियो में क्लिक करेंगे तो मुझे मुठ्ठी मारने का मौका मिलेगा और फिर जब क्लिक करके अंदर देखते हैं तो मुठ्ठी मारने का मौका क्या कुछ भी नहीं मिलता इस वीडियो को मैंने तीन महीने पहले देखा था इसमें सड़सठ मिलियन व्यूज थे आज इसमें देख रहे हैं तो एक मिलियन व्यूज पहुंच चुके हैं सिर्फ ढाई तीन महीने में वहां हद कर दी तुम लोगों ने